आइएगा इस में अजय कम्बोज और आज हम कुछ क्वारीज के बारे में बात करेंगे क्वारीज कुछ इस तरह है कि मेरा खुद का रूम है जिसमें मैं मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करना चाहता हूँ तो कुछ क्वारीज हैं उनसे रिलेटेड हम यहाँ पे बात करेंगे तो उनकी जो क्वेरीज है वो कुछ इस तरह है जो पहली क्वारी है क्वेरी वाइज क्वारी बात करेंगे जो फर्स्ट क्वारी है वो है मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रेंची दो डिफरेंट है या सेम है अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हो फ्रेंचाइजी की बात करते हैं तो वो टोटली totally डिफरेंट भी हो सकती है टोटली totally सेम भी हो सकती है जब हम बेसिकली फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो उसमें हम जनरली क्या मानते हैं कि आपने किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन ली है और कंपनी के खुद के सेल्स रिप्रजेंटेटिव है खुद की सेल्स टीम है और वो आपको ऑर्डर ला देती है आप वहाँ पर सप्लाई करते हो और पेमेंट कलेक्शन करते हो जब फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट में वहाँ पर आते हैं जब फ्रेंची कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर आपने किसी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन ली है और आप खुद ही कि डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो और खुद ही आप मार्केटिंग कर रहे हो खुद ही या तो आप हाँ खुद एज ए सेल्स पर्सन काम कर रहे हो या आपने अपनी ही सेल्स टीम रखी हुई ये उसकी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है बेसिकली ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कभी कभी वो दोनों सेम भी हो जाती है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही वे में होती हैं लेकिन थोड़ा सा उनकी मार्केटिंग टाइप में डिफ्रेंस आ जाता है तो इसी हम जो मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन है और जो फ्रेंचाइजी है उनको दो अलग अलग कॉन्सेप्ट में ही रखते हैं दो अलग अलग मार्केटिंग टाइप में ही रखते हैं दूसरा क्वेश्चन है कि मेरे जो एरिया है उसके आसपास ड्रग इंस्पेक्टर ऑफिस कौन सा रहेगा तो ये हमारे लिए बताना थोड़ा मुश्किल है आप किसी केमिस्ट से पूछ सकते हो अपने एरिया में कि ड्रग इंस्पेक्टर ऑफिस कहाँ पर है या अपने जो वेबसाइट पर जाके जो आपके स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑफिस की वेबसाइट होगी वहां से भी आपको डिटेल मिल सकती है कि आपका नियर बाय जो ड्रग इंस्ट्रेक्टर ऑफिस है वो कहां पे पड़ता है तो वहां से भी आप डिटेल ले सकते हैं तीसरा जो इनका डाउट है वो कुछ इस तरह है कि उस केस में ओनर ऑनरशिप प्रूफ कौन सा रहेगा कि मेरा खुद ही घर में मेरे कमरा बना हुआ है और मैं उसको ही डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करना चाहता हूँ पहले वो किसी और पर्पज़ के लिए यूज था लेकिन अब मैं उसको मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करना चाहता हूँ तो क्या होगा कि देखो सबसे पहले रिक्वायरमेंट तो ये रहेगी कि जो आपका वो रूम है वो बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए क्योंकि अगर वो घर के अंदर है ये जो उसका एंट्रेंस है वो मेन डोर से आपके घर के अंदर से ओके okay जाना पड़ता है तो वहां पे आपको ड्राइव मिलने की संभावना कम हो जाती है उसका जो एंट्रेंस होना चाहिए बिल्कुल ही सेपरेट होना चाहिए और जो आपका रेजिडेंस है उसमें उसका कोई भी इंटरफेरेंस आपके उस रूम में नहीं होना बिल्कुल ही सेपरेट एक आइडेंटिटी होनी चाहिए बिल्कुल ही सेपरेट रूम होगा तो तब आपको वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस मिल सकता है अगर ओनरशिप प्रूफ की बात करते हैं तो ओनरशिप प्रूफ अगर आपका जो रूम है वो घर के अंदर ही आपका अपना है तो उसमें जो प्रूफ लगता है वो आपके ओनरशिप के प्रूफ लगते हैं जैसे आपकी रजिस्ट्री वगैरह होगी या अगर आपके नाम नहीं आपके फादर के नाम है तो उनसे आप अपने बेसिस पे रेंट एग्रीमेंट ले सकते हो तो इस तरह के प्रूफ आप वहाँ पे दे सकते हो कुछ भी आप ड्रग ऑफिस से कंसल्ट कर सकते हो वो आपको ज़्यादा अच्छी तरह बता देंगे कि आपका ये ऑनरशिप प्रूफ चल सकता है नहीं चल सकता है और जो लास्ट क्वेरी है वो है ये है उनकी कि जो बी एस सर्टिफिकेट होता है वह अप्लीकेबल होता है या नहीं होता है डिस्ट्रीब्यूशन में मैं कई बार बात कर चुका हूँ कि आपके दो तरह से आप वहाँ लाइसेंस ले सकते हो या तो आप फार्मासिस्ट हो या फिर आप एक्सपीरियंस पर्सन हो अगर आपको बी के बेसिस पे लाइसेंस लेना है तो आपको उसके साथ एक साल का कम से कम किसी होल सेल फॉर्म पर एक्सपीरियंस होना जरूरी है उसके बाद आप होल ड्रग लाइसेंस के लिए एप्लीकेबल हो जाते हो तो उम्मीद करता हूँ ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी थैंक्स फॉर वॉचिंग